मेरा खत पढ़ के हैरत है, है सबको प्यार में हमने क्या लिख दिया है मेरा खतह पढ़ के हैरत है, है सबको प्यार में हमने क्या लिख दिया है खत पढ़ी केरत है, है सबको प्यार में हमने क्या लिख दिया है मेरा खत पढ़ के केरत है, है सबको प्यार में हमने क्या लिख दिया है प्यार में हमने क्या लिख दिया है जिसको लिखना हजाल में सितमगढ़ जिसको लिखना था जालिम सितमगर है उसको जाने वा लिख दिया है मेरा निराखते सबके हैरत है सबको है प्यार में हमने क्या लिख दिया है प्यार झूठा मोहब्बत भी झूठी अब किसी पे भरोसा न करना प्यार झूठा मोहब्बत भी झूठी अब किसी पे भरोसा न करना अब किसी पर भरोसा न करना शहर की दीवार प्रयाज ये शहर की दीवार पर प्रयाज एक पागल ने क्या लिख दिया है मेरा खत के हर तब सबको प्यार में हमने क्या लिख दिया है क्या बताऊँ तुम्हें आज असगर मेरे महबूब कितना खपा है क्या बताऊँ तुम्हें आज असगर मेरा महबूब कितना खपा है मेरा महबूब कितना खपा है नाम कागज पर लिख कर कि मेरा नाम कागज पर लिख करे कि मेरा हर जगह पे बफा लिख दिया है मेरा खत पर हैरत है सबको प्यार, है। है सब प्यार में हमने क्या लिख दिया है मेरा खत पढ़ पर हैरत है सबको प्यार में हमने क्या लिख दिया है मेरा खत air hey, hey, hey.